अगर आप थोड़ा बहुत भी YouTube देखते हैं तो कभी ना कभी आपने सौरभ जोशी के वीडियो ब्लॉग जरूर देखे होंगे रहते उत्तराखंड के हल्द्वानी कस्बे में है और कुल जमा तेईस साल उम्र है और YouTube हैं यूट्यूबर्स में ठीक ठाक बताएं तो 18 मिलियन, यानी तकरीबन एक करोड़ 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इनके यूट्यूब चैनल की खास बात यह है कि सौरभ दिन में एक वीडियो बनाते हैं और उस पर मिलियन से अधिक व्यूज आते हैं आए दिन सौरभ का कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब का टॉप ट्रेंड होता है लेकिन अब उनके एक वीडियो पर काफी बवाल हो रहा है इस वीडियो में सौरभ की एक बात पर लोग भड़क गए हैं आखिर सौरभ ने ऐसा क्या कहा जो लोगों की भावना आहत हो गई और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है आइए जानते हैं हाल ही में सौरभ जोशी ने उत्तराखंड की पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर एक वीडियो बनाया ये वीडियो सौरभ के ब्लॉग चैनल पर आठ दिसंबर को इंपॉर्टेंट मीटिंग विद पुलिस टाइटल से अपलोड किया गया था इस वीडियो में सौरभ कुमायू रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी निलेश से गए थे उनके साथ उत्तराखंड पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे थे सब लोग मिलकर महिला सुरक्षा साइबर क्राइम पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बात कर रहे थे लेकिन इसी वीडियो में सौरभ ने एक बात कह दी जिस पर लोग भड़क गए अपने वीडियो में सौरभ कहते हैं मेरे वीडियो की वजह से लोग उत्तराखण्ड को जानते हैं मेरी वजह से लोग हल्द्वानी को जानते हैं पहले कोई हल्द्वानी को नहीं जानता था लेकिन अब हल्द्वानी को हर कोई जान रहा है आज ट्रेन में हल्द्वानी रह रहा है। ने कहा कि उत्तराखंड और हल्द्वानी सौरभ जोशी के जन्म से पहले का है ऐसे कोई कैसे कुछ भी कह सकता है इस बात पर लोग उन्हें काफी चोल कर रहे हैं लोगों ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया है एक यूजर ने लिखा कम समय और शॉर्टकट में ज्यादा सफलता और अथाह दौलत आना इंसान में अहंकार भर देता है यही यूट्यूबर सौरभ जोशी के साथ भी हुआ है एक ने लिखा कि रावण में अहंकार और घमंड जरूर था लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि श्रीलंका को लोग मेरी वजह से जानते हैं लोगों ने इस वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट्स किए हैं वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही वायरल खबरों के लिए देखते रहिए दीलाल्टा शुक्रिया